दोस्तों देख सकते हैं कि ऑफर का अभी जो ऑर्डर आप लोग मारे थे ज़बरदस्त पैकिंग रोमांस के साथ हो रहा है यहाँ पे तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऑर्डर कंफर्म हो गया तो आपके पास पहुँचेगी ज़रूर ठीक है तो सारा का सारा आलू का पैकिंग देखिए यहाँ पे हो रहा है जो लोग अभी ऑफर का आनंद नहीं ले पाए हैं ऑर्डर अभी तक नहीं मान पाए हैं वो लोग जो है अभी ऑर्डर कर सकते हैं कल तक का लास्ट डेट है आपको प्ले स्टोर से अरबन स्टोर ऐप डाउनलोड करना है और ऑफर का आनंद लेना है दुर्गा 21 वन प्रोमो कोड है उस ऐप जैसे प्रोमो कोड को लगाते ही 40 के जगह में 2 के का रेट मात्र सत्रह रुपया में आ जाएगा और आप इस ऑफ़र का आनंद ले सकते हैं ओनली फॉर गोड्डा ठीक है तो बाहर से ऑर्डर लोग ना मारें ओनली फॉर गोड्डा के लिए ये ऑफर है तो जल जो लोग ऑफर का आनंद नहीं ले पा अभी तक जल्दी से अरबन स्टोर को डाउनलोड कीजिए और ऑफ़र का आनंद लीजिए अभी जबरदस्त पैकिंग चल रही है आप देख सकते हैं स्पिडली के साथ पैकिंग हो रही है उम्मीद करते हैं कल परसों तक के बीच में आप लोग के बीच आलू आपके घर पहुंच जाएगी तो अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो जल्दी से अरबन स्टॉल ऐप को डाउनलोड करके ऑर्डर कर सकते हैं लास्ट डेट कल तक है ठीक है और किसी तरह सा सवाल है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और किसी प्रकार कोई दिक्कत है कमेंट में भी कर सकते हैं वीडियो को शेयर भी करें ताकि लोगों के बीच ये जानकारी मिल सके कि ऑफर अरबन स्टॉल के साथ वो लोग भी आनंद ले पाएंगे धन्यवाद दुर्गा पूजा में आप लोग के बीच जो भी हुआ मैंने ऑफर के साथ शुभकामनाएँ है दिया हैप्पी नवरात्रि जय हिंद जय भारत